वक्त ने चुप रहना सिखा दिया और हालातों ने सहना सिखा से दिया वक्त ने चुप रहना सिखा दिया और हालातों ने सहना सिखा से दिया अब किसी की आस नहीं है जिंदगी में अब मुझे किसी की आस नहीं है जिंदगी में इन तन्हाइयों ने मुझे अकेला रहना भी सिखा दिया